विभाग और भ्रष्टाचार चोली दामन के साथ जैसे लगते हैं बिना भ्रष्टाचार के प्रदेश में कोई काम होना जैसे नामुमकिन सा ही है एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है डिंडोरी से जहां लोक निर्माण विभाग द्वारा बड़ा घोटाला कर सरकार की आंखों में धूल झोंकी जा रही है की मंजूरी दे रखी है उन स्वीकृत सड़कों के मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा आनंद पानन में लाखों रुपए फूके जा रहे हैं यह मामला बजाग विकास खंड के जल्दा बोना मार्ग का है जहां एक महीने पहले सड़क की मरम्मत के नाम पर लोक निर्माण विभाग के द्वारा ठेकेदार को करीब 45 लाख रुपए का भुगतान किया गया है और यही नहीं सड़क मरम्मत के नाम पर ठेकेदार ने पुरानी सड़क के ऊपर जो गिट्टी की पतली परत बिछाई है वो पूरी तरह से उखड़ गई है सड़क की मरम्मत की गुणवत्ता का कितना अचंबित है की जब सड़क की हालत सालों से खराब थी तब लोक निर्माण विभाग के द्वारा मरम्मत नहीं कराई गई और जब सरकार ने इस मार्ग को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत करीब ढाई करोड़ की लागत से बनाने की स्वीकृति दे दी है तब लोक विभाग में सड़क मरम्मत कर लाखों रुपए खर्च क्यों कर रहा है स्थानीय ग्राम वासियों ने लोक निर्माण विभाग के अफसर व ठेकेदार पर सड़क की मरम्मत में मिलीभगत कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं अब इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री एस एस ठाकुर कैमरे पर कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं अब ये जो है ये रोड अपने को गाड़ा जोड़ती है गाड़ा से सीधा समनापुर जोड़ती है और यहाँ से सीधा फिर बजाग जोड़ती है तीनों जगह से अपने को मतलब की जोड़ता है ये है ना अगर देखी जाए इसकी मतलब इसकी यहाँ पर काम को देखा जाए तो पूरी तरह से मतलब कहा जा जाए तो घटिया सामग्री का आयल डाल दी दादा क्या चीज डाले है, पता नहीं पूरा मतलब गिट्टी गिट्टी हो गया आज साइड में पूरा है ना सिंगल गाड़ी चलने तक की जगह इसमें बड़ी मुश्किल हो रही है ये गाड़ा सरी से बोना रोड है जो झिझरी से जल्दा की ओर जाती है इसमें पीडब्ल्यू के द्वारा 45 लाख रुपए का आहरण कर लिया गया है 4 किलोमीटर लगभग रोड रिपेयरिंग ठेकेदार के द्वारा कराई गई और 5 किलोमीटर का पैसा निकाल के पैतालीस लाख रुपए का पूरा भुगतान ठेकेदार के साथ मिलकर पीडब्ल्यूडी विभाग ने आहरण कर दिया और गजब की बात ये है ये काम सारा कांड तब हुआ है जब ये रोड नई बनने के लिए ढाई करोड़ की लागत ऐसी स्वीकृत हो गयी वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें